स्वागत है आपका अपने चैनल टेक बिहारी जी चैनल पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम पी एडमिट कार्ड के बारे में जी हां मित्रों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पीएससी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं अब इन एडमिट कार्ड्स को कैसे डाउनलोड करना है आइए देखते हैं सबसे पहले गूगल पर अपन टाइप करेंगे एम पी पर लिखेंगे एम तो इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा मैं लिख देता हूँ एम पी आप देख पा रहे हैं इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा ये रहा पर लिखा हुआ एडमिट कार्ड यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा हाँ यहाँ पर आप लिंक ये लिंक लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे तथा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो और लॉगिन करेंगे तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे तो जाइए जिन ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए एक बार पुनः आप सभी एक्सपीरियंट को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ धन्यवाद